Everyone, mind, आपने में बहुत -बहुत करता हूं। और मैं आशा करता हूँ बिकॉज कोरोना महामारी में यदि हम घर पर है तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं स्टे होम स्टे से जैसा की मैंने आपको फिजी क्लास में बताया की मेरा एक स्पेशल कोर्स स्टार्ट हो रहा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिसमें मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो लास्ट में दिया आप लोगों को और आज उसी क्रम में मैं आज फर्स्ट डे का वीडियो लेकर आया हूँ हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज मैंने आपसे कमिटमेंट किया हुआ था कि मैं जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगा वो डीपली प्रोवाइड करूंगा कहने का मतलब ये जो लैंग्वेज का कोर्स है आपका वो विग्नर्स टू एडवांस होगा विग्नर्स के लिए काफी इम्पोर्टेंस रखता है जिसको सी लैंग्वेज का कोई भी ज्ञान नहीं है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डीपली बताई जानी है तो आज का मेरा जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज हम सी लैंग्वेज के हिस्ट्री के बारे में आज जानेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो अच्छी लगे तो उसे आप लाइक करें शेयर करें जिससे आपके सभी फ्रेंड्स को फ्री क्लासेस प्राप्त हो पाए तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है वैसे तो सी लैंग्वेज जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक मिड लैंग्वेज है इसे हम स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं और ये जो सी लैंग्वेज है आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज की तरीके से इसके फीचर्स जो हैं बड़े ही सिंपल हैं बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें इसमें हम हर काम आसानी से कर सकते हैं कोई भी त्रुटि हो गई है तो उसका भी सुधार हम कर सकते हैं और ये लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स भी प्रोवाइड करता है इसलिए इसे हम मिड लैंग्वेज कहते हैं तो इसकी हिस्ट्री जो है बहुत ही दिलचस्प है बिकॉज आपको ये मालूम हो कि जो सी लैंग्वेज है उसके फादर हैं डेनिस मार्टिन रिची जी हैं जिन्होंने सी लैंग्वेज का अविष्कार किया है इसकी उत्पत्ति कुछ यू आप समझेंटी में well जिसे well के नाम से जाना जाता था अमेरिका की एक लेबोरेटरी थी जिसे हम अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ जिसे वेल well लेबोरेटरीज के नाम से जाना जाता था नाइनटीन सिक्सटी में डेनिस रिची तथा तो उनके साथ कुछ सारे एम्प्लॉइज एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे जिसे मल्टीस्क नाम से जाना जाता था प्रोजेक्ट को यह प्रोजेक्ट जो था एक बड़े कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने का एक प्रोग्राम एक एक प्रोजेक्ट चल रहा था जो कि साथ पर हजारों लोग उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकते थे लेकिन कुछ साल बाद यह प्रोजेक्ट ब्रेक कर दिया गया बिकॉज ये देखा गया कि इससे कंपनी ज्यादा पैसे नहीं बना पाएगी इसलिए इस प्रोजेक्ट को ब्रेक कर दिया गया उसके बाद उसके जो ज्यादातर इंप्लॉइज अलग प्रोजेक्ट पे वर्क करने लगे बट इसी प्रोजेक्ट में अंतर्गत केन थॉमसन जी थे जिन्होंने सर मार्टिन रिचर्ड्स के बनाए हुए बी को इम्प्रूव किया वैसे केन थॉमसन जी जो कि मल्टीस प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे उन्होंने एक सिस्टम फाइल जनरेट किया जिसको ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करेंगे उन्होंने एक सिस्टम कंप्लीट किया जिसे यूनिक्स का नाम दिया गया UNIX जो बनाया गया वो कंप्लीटली असेंबली लैंग्वेज पर बना हुआ था फिर उन्होंने क्या किया? सर मार्टिन के द्वारा programming language, BCAPL, जिसे हम basic common programming language कहते हैं। उसको उन्होंने इंप्रूव किया और उनको सम्मान देते हुए उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम बी लैंग्वेज रखा जिस पर उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था फिर नाइनटीन और ये जो बी लैंग्वेज केन थोमसन जी ने डेवलप किया वो नाइनटीन सिक्सटी Nine में किया इसके बाद लेकिन कुछ त्रुटियां थी कुछ कमियां थी बी लैंग्वेज में बी लैंग्वेज जो था वो डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करता था तथा इसमें स्ट्रक्चर की फंक्शनलिटी भी नहीं थी कहने का मतलब इसमें स्ट्रक्चर का फंक्शन भी अवेलेबल नहीं था या प्रयोग नहीं किया जा सकता था फिर सर डेनिस रिची ने नाइनटीन में बी लैंग्वेज में जो कमियां थी उनको उसको उन्होंने इंप्रूव किया तथा तो उसमें कुछ और भी फंक्शन और भी गुणवत्ताएं उन्होंने जोड़ी और भी उसमें किया और उन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप किया जिसे सी लैंग्वेज कहा गया ट्रेडिशनल सी कहा गया इट मीन्स उन्नीस सौ बहत्तर में डैनिस रिचिजी ने सी लैंग्वेज को डेवलप कर दिया जो कि सबसे पहले उसका आविष्कार यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया गया था उसमें हालांकि लैंग्वेज के द्वारा यूनिक्स में भी प्रोग्रामिंग की गई कुछ जो एडवांस एड़्मा, प्रोग्रामिंग की गई वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया गया बिकॉज आप जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है बिना आवश्यकता के कोई भी चीज का आविष्कार नहीं होता है जैसे आप देखें जो भी लैंग्वेजेस बनी जैसे फर्टेन आया तो फर्टेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए था इसी तरीके से कोबोल आया जो कॉमन बिजनेस ओरियंटेड लैंग्वेज था तो ऐसे ही सी लैंग्वेज को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया था हालांकि आज के टाइम में सी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो इन सब में इसका यूज किया जाता है यह एक बहुत ही अच्छी भाषा है जिसे मिड लैंग्वेज कहा जाता है एक स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ना है यदि आपको तो सी लैंग्वेज का ज्ञान यदि आपके पास है तो आपको बहुत ही सुविधा होगी और हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ने में तो नाइनटीन में डेनिस रिची जिन्हें सी को डेवलप किया गया इसलिए फादर ऑफ सी लैंग्वेज सर डेनिस रिची को माना गया है जी ने 1978 में एक बुक लॉन्च किया एक नया एडिशन लॉन्च किया जिसे द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट एडिशन के नाम से जाना गया वो उसमें उन्होंने सी लैंग्वेज के बारे में विस्तृत तरीके से बुक में लिखा जिसके बाद भी ट्रेडिशनल सी को के सी के नाम से जाना जाने लगा इसके बाद आमसी ने आन सी ए एन एस आई एन एस आई का मतलब हो गया अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आपको मालूम हो कि 1983 में ANSI को डेवलप करा गया उसके बाद 1988 में 1988 में ANSI C कहा गया जिसके जिसने इसका स्टैंडर्ड पब्लिश किया फिर C लैंग्वेज को ANSI C कहा जाने लगा ANSI एन एस आई सी इट मीनस अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया सी लैंग्वेज का इसे इसलिए उसको 1989 में उसको पब्लिश किया गया इसलिए C89 C89 भी कहा जाता है UNCC या C89. इसी तरीके से समय समय पर अंतरराष्ट्रीयकरण होता रहा सी लैंग्वेज का आई के माध्यम से आई क्या है आईएसओ आप जानते हैं आई जो किसी की गुणवत्ता को प्रूवड करता है तो एसओ कमेटी के माध्यम से समय समय पर सी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड को पब्लिश किया गया उसी क्रम में 1990 में जिसे सी नाइन्टी के नाम से जाना जाता था आई ने आईएसओ मीन्स हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो स्टैंडर्ड उसका पब्लिश करता है तो 1990 में सी का एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया आईएसओ कमेटी के माध्यम से जिसे सी नाइनटी के नाम से जाना गया फिर इसी में इसका एक स्टैंडर्ड लॉन्च किया समय समय पर स्टैंडर्ड अप्रूव किया गया और उसमें उसकी गुणवत्ता को अप्रूव करता रहा आईएसओ जिसके माध्यम से 1995 में उसका एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया जिसे C95 के नाम से जाना गया जो कि ISO कमेटी के द्वारा ही किया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जिसके माध्यम से उसका स्टैंडर्ड अप्रूव किया गया तो C95 के नाम से जाना गया 1999 में C99 के नाम से जाना गया बिकॉज ISO के स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी ने एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया जिसे C99 नाइनटी के नाम से जाना गया. फिर 2011 में दिसंबर में आईएसओ कमेटी स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी के माध्यम से एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया जिसे सी अलेवन के नाम से जाना गया जिसे सी अलेवन के नाम से जाना गया जो 2011 में पब्लिश किया गया लेटेस्ट देखा जाए तो 2018 में आईएसओ स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी के माध्यम से एक नया स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया जिसे सी एटीन के नाम से जाना गया तो इस तरह से ये बहुत ही विस्तृत हिस्ट्री है सी लैंग्वेज की और एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है तो इस हिस्ट्री को हम एक चार्ट के माध्यम से एक टेबल के माध्यम से समझते हैं जिससे फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए आप देखें मैंने टेबल बना रखा है आपके सामने हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज में फर्स्ट कॉलम की हेडिंग है लैंग्वेज सेकेंड है इयर एंड थर्ड है तो अगर देखा जाए तो जो सी लैंग्वेज मैंने आपको बताया नाइनटीन में वेल well लेबोरेटरीज AT&T, टी एंड टी अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ जिसे वेल लेबोरेटरीज के नाम से जाना जाता था अगर देखा जाए तो उसके इन्वेंशन की की बात वहीं से उठी तो आप देखें यहां लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट एल्गोल एल्गोल का पूरा नाम होता है एलगोरथमिक लैंग्वेज एलगोरेथमिक लैंग्वेज यहां इस सरणी में क्यों दिया गया आपको यह मालूम हो उन्नीस में एल्गोल डेवलप करा गया ट कोई भी चीज डेमो के बाद ही उसको यूज में लिया जाता है तो 1960 माना जाता है जो इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा इसे डेवलप करा गया तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज कहते हैं जो 1960 में पब्लिश डेवलप किया गया 1958 में पब्लिश में आया 1960 में और इसे रूट ऑफ सी लैंग्वेज कहा जाता है यह सी लैंग्वेज की जड़ है जैसे पीढ़ियां होती है जनरेशन होती है वैसे अगर सी लैंग्वेज की फर्स्ट जनरेशन देखी जाए तो एगोल है वो रूट है वो जड़ है जहां से उत्पत्ति का एक इन्वेंशन का वे स्टार्ट हुआ सी लैंग्वेज का तो फर्स्ट आपका एगोल जो इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा 1960 में डेवलप हुआ CPL है उसके बाद सीपीएल आया जिसे हम बोलते हैं कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कॉमर्शियल सेक्टर में यूज किया जाता था जो 1963 में हालांकि इसे भी डेवलप करा गया 1960 में बट ये पब्लिश हुआ आपका 1963 सिक्सटी थ्री में सीपीएल लैंग्वेज 1963 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डेवलप करा गया जिसके फादर क्रिस्टोफर जी थे क्रिस्टोफर स्टैची ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1963 सिक्सटी थ्री में सीपीएल को डेवलप किया जो कि कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था और इसे इंप्रूव करके इसको चूंकि वो बहुत ही टफ था उसको सरल भाषा में सर मार्टिन रिचर्ड्स ने सर मार्टिन रिचर्ड्स ने उसका एक एडवांस वर्जन जिसे बी सी पी एल के नाम से जाना गया जिसे बेसिक कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा गया जो मार्टिन रिचर्ड्स जी ने 1967 1966 1967 में इसको पब्लिश किया गया उसके बाद हमने अभी आपको बताया कि मार्टिन रिचर्ड्स के द्वारा बनाए गए BCPL को ही इंप्रूव करके केन थॉमसन जी ने एक लैंग्वेज बनाई जो कि उन मार्टिन रिचर्ड्स जी को इंपॉर्टेंस देते हुए विकास उनके प्रोग्राम को ही इंप्रूव करके केन थॉमसन ने बी लैंग्वेज डेवलप किया था इस केन थॉमसन जी ने बी लैंग्वेज नाम कहां से लिया बीसीपीएल से मार्टिन रिचर्ड्स जी के द्वारा बनाए गए लैंग्वेज बीसीपीएल से तो केन थॉमसन जी ने मार्टिन रिचर्ड्स के सम्मान में अपनी भाषा का नाम बी लैंग्वेज रखा जो कि 1969 है। इसमें पब्लिश किया गया उसके बाद मैंने भी आपको बताया कि सी लैंग्वेज जो है वो क्या है वो बी लैंग्वेज का एक इंप्रूव बर्तन है बी लैंग्वेज में जो त्रुटियां थी जो कमियां थी उनको इंप्रूव करके सर डैनिस रिचि जी ने ट्रेडिशनल सी वर्जन लॉन्च किया कहने का मतलब बी लैंग्वेज जो था उसमें डेटा टाइप का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था ये स्ट्रक्चर भी कोई भी फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं करता था या कोई ऐसा प्रयोग नहीं किया जा सकता था आपके बी लैंग्वेज में लेकिन जी का जो तो प्रोग्राम ट्रेडिशनल सी उन्होंने लॉन्च किया 1972 में उसमें डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट था बी लैंग्वेज में डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं था बिकॉज वो कंप्लीटली मशीन लैंग्वेज पर क्रिएट किया गया हुआ था और ट्रेडिशनल सी जो है उसमें डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर आप जानते हैं मैंने भी आपको बताया कि सी लैंग्वेज को स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है तो लॉन्च कर दिया जिसे फादर ऑफ सी लैंग्वेज कहा गया डेनिस एम रिची को उसके बाद ब्राइन कर्मिंग एंड डैनिस रिचि जी ने एक बुक लॉन्च किया एक उसका एक नया एडिशन लॉन्च किया जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट एडिशन कहा गया और उसका नाम केएनआरसी एंड रिची के नाम से केएनआरसी कहा गया 1978 में. 1978 में में आर सी का नाम के नाम केएनआरसी के से जाना जाने लगा उन्नीस उसके बाद मैंने आपको बताया कि समय समय पर इसके स्टैंडर्ड को पब्लिश किया गया तो आनसी के द्वारा आनसी ANSI का मतलब मैंने आपको बताया अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा 1989 में इसका स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया 1988 में ही ANSI C आ गया अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना 1983 में की गई इसके बाद 1988 में ANSI C को डेवलप करा गया फिर उसके स्टैंडर्ड को पब्लिश किया गया 19 89 जिसे C89 भी कहा गया आन C या फिर C89 के नाम से जाना गया जो कि अमेरिका नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसका स्टैंडर्ड पब्लिश किया उसके उस समय बाद 1990 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के माध्यम से 1990 में C लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया जिसे सी के नाम से जाना गया फिर इसी तरीके से उन्नीस में आई कमेटी के माध्यम से ही इसका एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया जिसे C95 के नाम से जाना जाता है। फिर 1999 में, में 1999 में आई कमेटी इट मीन स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी के माध्यम से ही इसका एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया जिसे C99 के नाम से जाना गया फिर 2011 दिसंबर 2011 में ही इसका एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया किया गया, इसकी गुणवत्ता को अप्रूव करते हुए एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी ने इसका एक एडवांस स्टैंडर्ड वर्जन प्रेषित किया एडवांस स्टैंडर्ड पब्लिश किया जिसे सी एटीन के नाम से जाना गया तो ये है आपका एक टेबल के माध्यम से मैंने कंप्लीट हिस्ट्री को बताया आपको सी लैंग्वेस का तो so, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सी कंप्लीट हिस्ट्री आपके समझ में आया होगा यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं उसका जो उचित सजेशन होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा तथा तो वीडियो को अगर आप रिपीट करके एक से दो बार देख लेते हैं तो फिर कंप्लीट हिस्ट्री आपके समझ में आ जाएगी तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक जरूर करें शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स को भी ये फ्री क्लासेस प्रोवाइड हो पावे तथा हमारे चैनल पे आप बने रहें हमारे चैनल पे आपको हर प्रकार से कंप्यूटर कोर्सेज की वीडियोस मिलती रहेंगी तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक, तक के लिए थैंक यू जय हिंद